ग्वालियर में हिंदू इको द्वारा 101 रामचरितमानस का वितरण किया जाएगा रामचरितमानस वितरण के पीछे उद्देश्य है कि समाज को जागृत किया जाए और समाज की बुराइयों को खत्म किया जाए अब हिंदू इको द्वारा 25 फरवरी शनिवार को शाम 5 बजे मंचापूर्ण हनुमान मंदिर पड़ाव पुल के नीचे एक सौ का वितरण किया जाएगा हिंदू इको के प्रदेश समन्वयक ब्रजराम सिंह ने बताया कि देखने में आता है कि रामचरित मानस अब सिर्फ मंदिरों तक सीमित रह गई है इसे प्रत्येक हिंदू के घर में पहुंचाकर हिंदुओं को जागृत करने का कार्य किया जाएगा। युवाओं को रामचरित मानस पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा इसके लिए वार्ड समन्वयक और कार्यकर्ता लोगों में चेतना लाने के साथ घर घर रामचरित मानस जाए इसके लिए प्रयास करेंगे वही जब उनसे रामचरित की चौपाइयों के प्रति दुर्भावना फैलाने पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ लोग वोट बैंक के कारण ऐसा कर रहे हैं हमारी सोच यह है कि ग्रंथ का अच्छी तरह अध्ययन करें फिर उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करें वैसे ग्रंथ किसी भी वर्ग का हो, उसमें सभी अच्छाइयां लिखी हो ऐसा संभव नहीं जैसे हमारे कमल जी ने बताया कि हमारा उद्देश्य बहुत ही सरल है घरों में घरों में चौपालों में मंदिरों में मानस का पाठ दोबारा से एक नई ऊर्जा के साथ स्थापित हो चालू हो इसलिए हमने ये किया है कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आज के डेट में मानस का पाठ नहीं होता है कई बड़े मंदिर हैं या चौबीस घंटे होता है तो हमारा प्रयास है अपने संगठन के थ्रू की वार्डो में हमारे जो वार्ड संयोजक हैं अपने अपने वार्डों में एक एक मंदिर में इनकी स्थापना करें और इसके अलावा जो हमारे सदस्यों के जो परिचित है वो लोग अपने मोहल्लों में अपनी सोसाइटियों में इसकी स्थापना करना चाहते हैं घरों में स्थापना करना चाहते हैं तो इस उद्दुष के साथ संकल्प के साथ हम इसे वितरित करेंगे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें